एवरी एवरीवन तो स्वागत है मेरा चैनल बस मस्ती के लिए में तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक पोएट्री बहुत ही अच्छा पोएट्री है जो कि मेरे दोस्त ने लिखा है उन्होंने ही बोला है उनका नाम है पिंटू तो आप देखिए खुद ही देख लीजिए कि तो पोएट्री कितना अच्छा है कमेंट कीजिए कि कैसा है तो शुरू करते हैं कविता का शीर्षक है कि ना पूछना मुझसे मेरे बारे में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सोसाइटी किस तरीके सोचती है क्या माइंडसेट है यह कविता उन्हीं के उन्हीं लोगों के बारे में है न पूछना मुझसे मेरे बारे में क्योंकि एक तस्वीर तो तुमने मुझे देखते ही बना लिया होगा अपने दिल में मेरे बारे में तो न पूछना मुझसे मेरे बारे में क्या ही फ़र्क पड़ता है अब क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ जबकि तय तो कर ही लिया होगा तुमने मेरे बारे में तो न पूछना मुझसे मेरे बारे में तमन्ना जो घर होती तमन्ना जो घर होती तुम में सच में मुझे जानने की तमन्ना जो घर होती तुम में सच में मुझे जानने की तो तुम ये तस्वीर ना बना लेते मेरे सोच की तो ना पूछना मुझसे मेरे बारे में चलो चलो अब रहने भी दो चलो अब रहने भी दो जब रावण बना ही दिया है, तो मैं रावण ही सही चलो अब रहने भी दो जब रावण बना ही दिया है तो मैं रावण ही सही लेकिन क्या तुमने सोचा है कि क्या होगी रावण की सोच सहीह मैं तो भूल ही गया था कि रावण कहाँ था कभी सही मैं तो भूल ही गया था कि रावण कहाँ था कभी सही गर जो तुमने वक्त रहते अगर जो तुमने वक्त रहते मुझे समझा होता तो शायद तुम्हारे सामने आज ये रावण ना मौजूद होता तो शायद आज तुम्हारे सामने ये रावण ना मौजूद होता अगर जो वक्त रहते तुमने मुझे जानने की कोशिश करते अगर जो वक्त रहते तुमने मुझे जानने की कोशिश करते आज मैं राम न सही लेकिन दोस्त तुम्हारा अच्छा होता गर्ज वक्त रहते तुमने मुझे जानने की कोशिश करते तो आज मैं राम न सही लेकिन तुम्हारा दोस्त अच्छा होता पूछना मुझसे मेरे बारे में तो न पूछना मुझसे मेरे बारे में आज मैं ये शब्द न दोहरा रहा होता तुम्हारी बस सोच ही इतनी तलक है कांच के टुकड़े को भी हीरे के रूप में रखें तो तुम उसे हीरा बतला दोगे और असली हीरे को भी दुदकार दोगे फिर तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम किसी अच्छे भले इंसान को भी रावण बना दोगे फिर तुम्हारी अवकात ही क्या है कि तुम अच्छे भले इंसान को भी रावण बना दोगे नहीं मिल रहा मैं तो फिर क्या ही हुआ तो फिर क्या ही हुआ अगर अगर जो तुम बाद में डोंट जज अक बाइट्स कवर का नारा लगाते फिरोगे एक बार एक बार तुम मुझसे पूछ कर तो देखो मैं खुली किताब की तरह पसंद हर तरीके से जुड़ जाऊंगा तुमसे धीरे धीरे तुम्हारा एक दोस्त भी अच्छा बन जाऊंगा तो मत करो ये जज मुझको मुझ पर कोई हक नहीं तुम्हारा किसी दिन एक तस्वीर तो तुम्हारी भी बनाई जाएगी और होगी तकलीफ तुमको भी मत करो ये जल्द मुझको फिर न कहना क्या कसूर था हमारा तब न पूछना मुझसे मेरे बारे में